किरारों तो वो नंबर लालू नास्ता नहीं है

आगे वो सब अपना अपने ग्रुप की वीडियो बनाएगा जिससे तुम्हारा काम वो बनेगी पैसा अपने ग्रुप की वीडियो बना के करो या थी जितना कोई बोलेगा उसको बोला कर तेरी झाड में भी अकल है

ना पिंग पिंग कर देता जो ना बोलना हो वो काम बात बोली वो तो सुन ही नहीं, नहीं कर दिया तो तो तो करो वो तुम्हारे लिए खाना बन दे देंगे वीडियो वीडियो बना लिया करो काम कर

वो ये नहीं था। था। किसी को फिर काम कर जो वो काम करे तो कोई बाप करना पड़ रहा है

देखो ये सात साल का लोन आया नौकरी भी निकास्त में

तीसवीं क्लास में पड़ता है लेकिन टेन दसवीं क्लास वालों को करा देता है

के तो बाद ये बोल बोल बोल सकता सकता सकता है? है है? कुछ और चलिए भूल जाएगा क्या शुरू में सबसे कहती है जिससे कहती है वही कामयाब होता है

आप इस चौक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जो स्टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं इससे मैं काफी देर से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे

हरेक कोर्स बनाया गया है, बहुत सारी कैसीज़ के लिए निर्दिष्ट किया गया है, कॉन्ट्राइब्यूटी कैसे डिवाइड है। हरेक कोर्स में सेमी कुशलते हैं, एक्सरसाइज़ें हैं, बहुत ही खूबसूरत कॉम्पिटीशन हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे। देखिए, देखिए वो वोलियन दिलाते हैं, जारी चल रहा है इंड

तो बेटा 3 3 3

तो में दही डाल मसाला डाल पानी डाल और बोली डाल

मसाला कौन सा मसाला को

Hello

डाल <laughs> <hums> <hums>

गलती है हां वही देखो पानी डाल दो इसको और देखो और ये वाला इसको निकाल के डाल दो क्योंकि मेरा प्रॉब्लम है देख इसको नाचने वाले को गोद में डाल के चले तो समझता तो कोई थोड़ा भागो चलो

लो तो आ गए जगह लोगों ने दिया बनाने कर

बोलेंगी पानी मांगेंगी वो

तो गल

or

bla bla

como

चलो ना

Ah uh.

बन गया खाना तैयार है रहता आएगा खाना खा ये लायक है शादी के बाद गरीब लड़की से शादी करोगे ये यही होगा कई तरह सारे शादी मकर अलीब है घर में भागे के लिए

Oh, को मेरा कोई गोल गोल को

आप मेरी वीडियो देखो और आपको किस चीज़ के तो ऊपर भी वीडियो चाहिए ये कमेंट्स